मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने ब्यूरोक्रेसी के साथ सरकारी तंत्र को सावधान रहने के लिए कहा है हरदा में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की शुरुआत की गई है जिसे लेकर मंत्री कमल पटेल ने कहा कि सरकार में रहते हुए चाहे वह मुख्य सचिव हो या निचले स्तर पर चपरासी क्यों न हो अगर योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिला तो मुख्य सचिव से लेकर चपरासी स्तर के लोगों को भी नहीं छोड़ा जाएगा कृषि मंत्री कमल पटेल ने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की शुरुआत की है सरकार गरीबों के कल्याण के लिए 31 अक्टूबर तक जन चौपाल चलाएगी कमल पटेल ने कहा कि हल आपके घर अभियान को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है सूबे के सभी मंत्री अपने अपने प्रभार जिलों के लिए मोर्चे पर डट गए हैं वही कमल पटेल ने सुशासन को लेकर कड़े तेवर दिखाए वे हमेशा नौकरशाही के कामकाज पर चौकन्ना रहते हैं प्रदेश में शुरू हुए मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में 33 बिंदु हैं अभियान का लक्ष्य है कि गरीबों को केंद्र और राज्य की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का, योजनाओ का लाभ मिल सके गरीब और किसान का दर्द क्या होता है इस बात से मंत्री पटेल वाकिफ है चेतावनी भी दे डाली है उन्होंने कहा सरकार में रहते हुए आप जो सेवाएं दे रहे हैं और सेवाएं देने पर जो सैलरी आपको मिल रही है वह जनता के पैसे से ही आपको मिल रही है अगर गरीबों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला तो किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा सरकार अब एक्शन मोड में है ऊपर से लेकर नीचे तक सब सावधान हो जाएं हम सबके लाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में अब हमारे प्रदेश की जनता को अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाना है ग्राम पंचायत के जनपद पंचायत जिला पंचायत तहसील एसडीएम कलेक्टर कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना है सरकार ने तय किया है की कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है जनता जनता हमारी भगवान है और इसलिए जनता के घर जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण करना है आपकी समस्या का हल आपके घर और इसलिए हमारे मध्य प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी से लेकर चपरासी तक साठ हजार करोड़ रुपए हम तनख्वाह देते हैं कितनी साठ हजार करोड़ दो लाख करोड़ के बजट और इसलिए इनकी जिम्मेदारी है कि जितनी भी केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ पात्र हितग्या को सत प्रतिशत मिल जाए ये हमारी माता राम बेटी हैं, सबसे आगे बुजुर्ग मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सब से निवेदन करता हूं कि मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन, इनकी चप्पलें कैसे आती है अधिकारियों के कार्य कार्यालयों के चक्कर लगा लगा के लेकिन कई समस्याओं का निराकरण नहीं होता है और इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि अब ये अधिकारी कर्मचारी आपके घर आएंगे और आपको तो सब योजनाओं की जानकारी देंगे उसमें हमारे जन प्रतिनिधि भी साथ होंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष सरपंच और पंच जो आपके गांव के हैं हर वार्ड के वो भी साथ में रहेंगे और हमारे सचिव सहायक शिक्षक आंगनबाड़ी स्वास्थ्य कार्यकर्ता जितने भी गाँव की टीम है सचिवालय ग्रामीण कर्मचारी अधिकारी वो आपके साथ एक एक घर आएंगे एक एक योजना के बारे में जानकारी देंगे और उस योजना में आप अगर फिट हो रहे हैं, पात रहे तो आपका उसी समय आवेदन कराएंगे और आपके घर बैठे आपको उसका लाभ देंगे इसी को कहते हैं सुशासन इसी को कहते हैं सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन और इसी को कहते हैं राम राज जो हम लेकर आए हैं हमारे विधायक मनोज चौधरी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कल इनका जन्मदिन है, है? है? जोरदार जन्मदिन तो उनकी विधानसभा के जामगौर से हमने शुरू किया है एक दिन पहले इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे अभिन्न मित्र पहले वो अलग पार्टी में थे मैं अलग पार्टी में था लेकिन वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था इसलिए मित्रता हमारी बहुत पुरानी है और पुराने साथी विधायक है लेकिन अब हम माँ के आशीर्वाद से हम दोनों साथ साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री है और जनता की समस्या का निराकरण करने आए हैं ऐसे हमारे जाबाज युवा तुर्क राजस्व मंत्री और परिवहन मंत्री भाई गोविंद सिंह राजपूत जी जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष मेरे छोटे भाई भाई राजीव खंडेलवाल जी उपस्थित हैं उनका भी हम अभिनंदन करते हैं हमारे बीच में हमारे जिले के विधायक साथी भाई आशीष शर्मा जी भाई पाहर सिंह कनौजिया जी जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मेरे छोटे भाई नरेंद्र सिंह जी मनीष भाई और हमारे सभी मातृशक्ति जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता मित्रों तथा हम सबको आशीर्वाद देने आई मातृशक्ति आप सब के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं युवा साथियों को नमस्कार बच्चों को प्यार पत्रकार मित्रों का अभिनंदन और हमारे कलेक्टर सहित सभी अधिकारी कर्मचारी भाई और बहनों आज का दिन बोध के लिए ऐतिहासिक दिन है कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आज कराना पड़ता करना पड़ताल सीटी ग्रुप वेयर एवरी बिगिनिंग चेंज इज द वर्ल्ड प्रोवाइडिंग दस्ट रिजल्ट हाइएस्ट पैकेजेस एंड डिलीवरिंग द बेस्ट मैन पावर टू द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ड एल एन सी टी ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी दिशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन